की तो जीते हाँ जल डर आ जाएगा मैं तो रस्ते से जा रहा था मैं तो तो तो भेल पूरी खा रहा था। तो अरे में दे। हैं? है? नाम पद एक जान। आओ बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ मैडम इधर एक चेर है कटला है बिजार है मेरे बोसों को बकाते हैं अपने बॉस को बस बस बस बॉस, बस ऐसे नहीं आई है बोस चोरी चोरी करू न बाबू मुह चला कह रही है तू योजा मेरा लाडिला बेटा छाती कह है तू सब मत तेरा मन बाबू मेरी देवी और तेरे रुपया में ंगल मजा रुपयांगल मजा करेगा रुपया रुपया हाँ हाजी मैडम क्या दिक्कत है इधर है। है इधर क्या इधर शेर है सीता है तब बताएगा सब बता देना इधर क्या बताओ बताओ क्या कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता, वाह। बॉस जाओ तो। तो। बॉस वहाँ पे झाड़िया हिल रही हैं। झाड़िया कैमरा निकाल ले। आज ये हम रिकॉर्ड करके रहेंगे कि झाड़िया कैसे हिल रही हैं। उधर मुझे लगता है कोई गाना भी गा रहा है जानवर जानवर भी भी भी गा रहा आज हम हम रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके होंगे जा करा चल मैं, मैं, मैं, मैं भी तो देखूं आखिर किस पे तो स्माइल दुआ रहा है स्माइल बिचारे किसी हकते उठा रहा हगता तो तू, तू आज के पार पार चला मत की है बस बस मम्मी मैं अरे बैठ लिसन मतलब समझ सुना हाँ। मेरा अंग्रेजी मैंने अंग्रेजी अंग्रेज कर कोई कोई लिए सब अंग्रेजी फैल, अंग्रेज फैल, सब अंग्रेज फैल है मी इंग्लिश को बस मेरे बॉस बताओ बारे में यस my name is lalita haadin kutta kutta haadin bhagin ta phus phus phus phus aa ah. बोली ना इंग्लिश तो कटे फुया तु कटे इन पेडिया रे बैठ जा आज गांव में जे पढ़ाई लिखऊं मैं कुल इंग्लिश आवे इतने अच्छे इंग्लिश सिखाएंगे इंग्लिश तो कटे फुला पे टेंशन ही ना मैं बोल हमें अरे भाई ना अबे यार ये होगा गूंगे अच्छो गोली चल जा गोली चल जा रे गोली चल जा गोली चल जा नेट में गोल रहे हो। हाँ? है ओ भाई तू ओ भाई डोन है तू तू टेंशन मत ले यहाँ को डोन दीबी डोन है दोना मार के के मैं तो बना बना ठीक ठीक है थीक है और देख टेंशन हम अब हम, दोन तो कि... हम जाएंगे मारने ठीक है, है? पूछा कैसा और... है लम्बोई लम्बोई लम्बोई लम्बोई अरे तू तू बुरी तरह डरियो मत हम आ जाएंगे ठीक है मेरी बात परीओगे झुरमट में होके जनाजा हसीनों के